उतरूंगा भाई नीचे गिर गया तो मैं हूं। और ये भी आप होके में डाल रही है तो आज हम करने वाले है फार्म हम हाउस पे व्यू तो देखिये और वो का बंगला देखो वो। ये देखिए तो ये शूटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी क्यूँकी ये टाइप ऑफ ब्लॉग ही है दोस्तों अब ये दिखा सीनरी भाई और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेप्स का का जो है देख सीनरी पर तो में में तो कैमरा चल पहली चैलेंज उतरने का यार तो भाई यही इतना मोटा द्राक्ष का बाग है और यहाँ पर हमें नीचे उतरना है तो मैं भी आता हूँ देखिए इसकी ऊंचाई देखिये भाई भाई भाई बाई ओ मैं पर पर उतर गया ये इतना ऊंचा था। अभी द्राक्ष का ये है, है तो हम... आप तो हम लगता है नहीं होगा है अंगूर नहीं है आ, आ, ये अंगूर का सीजन नहीं है मतलब। आप तो कौन से कौनसे भी बाग में आपको अंगूर नहीं दिखेंगे अगर दिखे तो वो भगवान के चमत्कार होगा हो सकते है कभी कभी पर अगर आप पर वो सब अपने नेचर पर और ये आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो कर... प्लीज इस वीडियो को पूरे एंड से देखिए हम अपने अपने फैमिली से बा... बहुत दूर आए हैं ये सब बाग है बड़ा है जैसे वैसे ही तो वीडियो को लाइक मार दीजिए प्लीज उन... और अगर आप नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत बड़ी बाघ है वैसे ये वीडियो भी बहुत बड़ी होने वाली है खत्म नहीं हो रहा भाई बहुत तो बड़ा है हम इतना चल गए हैं ओ आ आ आ गए आ गए गए एंडिंग एंडिंग और देखिए सूर्य प्रकाश आगे किसी तो नीचे आपको यहाँ पर भाई देखिए ये ये से से अपने उड़ी डाल दी नीचे तो जाएं नीचे जाएंगे कैमरा फेंके आप देख रहे हैं वो देखिये वहां देख रहेगा देखिये आप अगर यहाँ से गिर गए ना तो यहाँ से वो आप डायरेक्ट नीरों नीरों को सन दिखा कितना अच्छा अभी अब हम आपको बेस्ट दिखाएंगे सनसेट भी दिखाएंगे सनसेट अब होने नहीं वाला है थोड़े देर में होने वाला है और यहाँ पर आप तो छः बजे है साढ़े और यहाँ पर हम अभक्ति बची सांगी में महाराष्ट्र जिला में और यहाँ पर सनसेट होता है साढ़े सात को लगभग तो यहाँ पर अब भी देखिए और यहाँ पर देखिए विंड तो मतलब हम क्या साढ़े मतलब तो तो तो तो एक घंटा नहीं करने वाले वीडियो इतना बड़ा हम, नहीं करने हम, थोड़े -थोड़े में हम आपको बहुत अच्छे अच्छी प्लेसेज दिखाने तो वाले अच्छा ब्लॉग करने की तो बहुत कोशिश करने वा ये हमारा पहला ही ब्लॉग है दोस्तों आज सब पहले हमने कभी भी व्लॉग नहीं किया है और हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है इसलिए हम अभी हम आपको अभी मैं वीडियो पॉज करने के लिए मीरा को बता देती हूँ हम आपको बहुत अच्छे-अच्छे मतलब जगहों को हम वहाँ पर अनपोज करके आपको दिखा देंगे वो देखो वो देखो कितनी जो अब अब विंडमिल को देखकर मतलब अंदाज लगा ही सके कितनी जोर से हवा चल रही है और देखिए भाई हमने स्वेटर अगर आपने नोटिस किया होगा हम दोनों ने स्वेटर पहने एक मिनट दिखाता मुझे भी मैंने भी स्वेटर पहना है भाई आपको इसका आवाज आ रही है नहीं आ रही है पर हमें वो विंडमिल की आवाज बहुत आ रही है हम एक सेकेंड के लिए शांत बैठते हैं लगता है एडिट करके दिखाते हैं। पर एक का पड़ा है। कुछ भी व्लॉग है मतलब कुछ भी दिखाने दोस्तों हम आपको अभी बहुत अच्छी चीज दिखाने केला <laughs> केला का भी बाग है मुझे नहीं पता था चलो चलो हम पॉज कर देते हैं हम <laughs> से डर गए हमारा मिशन की यहां से चले। और मैं कैमरा चले। जा, जा जाओ मैं कैमरा लेके जा जा ले ट्रैक यू का तो यहाँ पर एक पैर पेड़ मोबाइल मोबाइल पकड़ा मोबाइल पकड़ा भाई पकड़ो <laughs> मुझे गिरने तो यह मोबाइल चाहिए भाई भाई भाई सच में हाथ दोनों पे गए तो यहाँ पर हमारा कुत्ता भी है रॉटविलर। रॉटव्हीलर <laughs> देखो कितना बड़ा दिख रहा है यहां से तो कितना बड़ा दिख रहा है एक अब और आप आ जाती है थोड़ा सा तो, चलो, हम आपको केली की दिखाते है। तो यहाँ पर देखिए केला आ गया आपको समझ में आया आंदा जुड़ा कि ये केला का झाड़ है देखे कितना केला है और ये दस दिन में पक जाएंगे अंदाज लगा दिया है तुक्का। आई। वो। दे ये देखिए केले का पान। और आपको हम कुछ तो और भी दिखाने वाले हैं केले का दिखे इतने दिखे मुझे अभी तक तो भाई ये भूल भूल जिसे भाई कोई छोटे बच्चे को मत लाना। वो आराम से और देखिए ये देखिए ये वांगा का झाड़ है वांगा नहीं ये भिंडी का नहीं ये देखिए ये देखिए मिर्ची कितनी की छोटी सी छोटी सी मिर्ची चलो आगे चलो ये तो मिर्ची का तड़का बच जाएगा ये सब मिर्ची की बात है तो हमको देखिए कितना बड़ा है पर आओ देखिए भिंडी भेंडी की ये फूल है देखिए वो यहाँ पर मैं तोड़ता हूँ इसे और मैं आप, आपको मत तोड़ो मैं आपको तो तोड़ने की अच्छी एक टेक्निक बताने वाला हूँ रुको वो एक मिनट इसी की भेंडी की ऐसे में उपटना नहीं चाहिए इस, इस, इस, इसे इसे हमें ऐसे सिर्फ सिंपली आराम से निकल गया और ये भेंडी का फूल और, और यह भिंडी का मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि इसे हाथ लगाए पर ना बहुत ही हमें खुजबी हो जाती है तो यहाँ पर वांगा भी मतलब है मुझे भिंडी का फूल बहुत पसंद उसके लिए यहाँ पर नीलम ने यहाँ पर एक, एक दिखा था थोड़ा सा खराब हो गया था ये देखिए खराब ही जरा सा बाकी तो हमने तोड़ लिए वीडियो वीडियो के वीडियो के पहले हमने तोड़ लिए थे पर ये हम नहीं ले सकते क्योंकि खराब है। थोड़ा खराब तो नेचर में तो खराब हो या ना हमारे पढ़ने खराब होना ही था ये देखिए ये सारा भी उगने वाला है सीनरी दिखा सीनरी दिखा से द्राक्षा का बाग यहाँ पर ठीक से दिखा गए करने के लिए बहुत है, देख यहाँ पर ऊपर भी पवन है ये ग्रेप्स का ये और ये बिंदुल देखिये ये देखिए आपको स... स... स... हमारे पास देख रहा है भागे क्या बे मरवाएगा क्या छोड़ो थोड़ा सा पड़ ना। तो अब हम पवन चक्की के और थोड़ा पास जाने के भाई वो देखिए वो इतना बड़ा है ओ ये, ये हाँ, ये ओ ये ये ये ये देखिए कितना अच्छा यार मुझे ऊपर चढ़ना है अरे पवन को विंडमिल दिखाओ हाँ, ये विंड मिलो तो आगे जाते आगे जाते हैं ये विंडमिल इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है देखिए कितनी फास्ट घूम रही है भाई आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब हवा कितनी होगी चलो रुको एक मिनट तो ये जो होते तो हैं हो थोड़ा सा है? तुमने टॉर्च ऑन रखी पता है कहा है अरे इतनी मुश्किल से बिला था इतनी खुजली में की मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद पाइप टूटते इतने भी नहीं वो रहे भाई कांटे का है और हम बहुत करीब पोच से जा रहे हैं और ये कौन सा पेड़ है मैंने आज तक नहीं देखा और एक भीट रह ये बहुत है अब हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पर ना जो वगैरह है है है डर लगता तो होने वाला है और आपको दिखाने के लिए हम फिर से नीचे जाने वाले रहा है अब यहाँ पर फिर से यहाँ से तो जाना भूल जाओ ओ आप नीरो यहां से जाने वाला था कपरे में बस सोचना की मैं वहाँ जा सकता ये देखिए फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। पक <laughs> आम, कैसे तुम कह सकते हैं हमारे तो, हमारे फ्रेंड हाँ। जो थी, जो, जो, जो चैनल को सब्सक्राइब करता है है वो हमारा बन जाता है। ओ और तो, हमारे फ्रेंड्स पर हमें बहुत फ्रेंड्स चाहिए भाई सेल्फी मोड तो तो यहाँ से हम भागते जाएंगे अभी तो वीडियो में आपको रिश्ते जरूर देखने आएंगी ओह फोन सिर्फ गिर भी देखिए देखिए आसमान का रंग तो भाई आपर, से से हम कर जाने वाले हैं तो यहाँ पर नीरा भाई मुझे फिर नहीं गिरना है और देखिए एक मिनट दिखाता तो मेरे जख्म भाई देखिए कितना लगा मुझे थोड़ा ने एक दो तीन मैं यहाँ से और इसके अंदर मैंने मेरे के चप्पल पहने सा जल्दी से करो मेरी हवा निकल गई है अरे हवा और भर गई है कीजे था, था। चढ़ने को वहाँ से हम निकले वहाँ से चढ़े थे ना माथों तो में गिरा था मुझे तो तो कर तो करना बहुत पसंद है नियम हम इकड़े दूसरे लांग मैं आपको दूसरे से लाइंग के लिए यहां से जा रहा हूँ फिर से खतरनाक स्टैंड करने के लिए जा रहा हूँ ना चलो दिखा भाई अब जगड़े गिर ओ भाई क्या से ओ गया ये इम्पॉसिबल है <laughs> ज़ाओ, ज़ाओ, ज़ाओ। ओ, अब <laughs> आ जा, आ जाओ जाओ ओ गए अभी से यासे यासे। भाई यहाँ से यहाँ से कमेंट में डालिए और लाइक भी कीजिए अच्छी नहीं होगी भाई मुझे भी गिरा देगी कैमरा को भी गिरा देगी और खुद भी गिरेगी हम आपके लिए बहुत अच्छी शूटिंग इस हालात में भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लो कैमरा लो ना आ, नहीं मैं यहाँ पर गिर गई यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता ये आपको दिख रहा है कैमरा में बहुत ईजी पर आप सिर्फ देख लीजिए कितना यहाँ पर मेरी फैमिली गणपति पापा बोलिया हिम्मत नहीं रोलो आपके आप देखिए नहीं नहीं, नहीं तो मुझे दिखा दिखा ओके जल्दी कुछ भी यार भाव क्यों वो बीच में ला रहे गणपति पप्पा एक में इतना ही था नहीं अभी इस वीडियो में हम ये वीडियो बंद कर देंगे और कल हम सुबह यहाँ पर फिर से आएंगे और आप जो वो वो जो आप पहाड़ देख रहे हैं हम कल वो चढ़ेंगे और दोनों वीडियो को हम मिक्स करेंगे बहुत बड़ा वीडियो हाँ, तो एक काम कर एक वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू तो ये पार्ट पार्टी हम अपलोड कर ही देंगे तो चलो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों बाय